उस बड़े से इलाके में सभी लोग इस वक्त बिल्कुल चुपचाप खड़े थे एक के बाद एक सभी की नजरे जमीन पर गिरे फरान की तरफ जाने लगी जो ध्रुफ से काफी दूर जाकर गिरा था इसके साथ लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी जिसे छुपा पाना इस समय काफी मुश्किल था दरअसल फरहान तीन सितारों वाला द्रोण था इसका मतलब उसकी ताकत के हिसाब से वो शायद अंदरूनी हिस्से के सभी स्टूडेंट्स में से टॉप पिचहत्तर में तो जरूर गिना जाता होगा लेकिन इस वक्त उसे एक ऐसे स्टूडेंट ने हरा दिया था जिसे अंदरूनी हिस्से में आए हुए पांच दिन भी नहीं हुए थे मार खाए गली के कुत्ते की तरह जमीन पर लेटा हुआ था और इस तरह के नजारे को देख सभी लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी हंसी भी आने लगी थी इतने में अचानक उस जगह की खौफनाक खामोशी को तोड़ते हुए किसी के खांसने की आवाज सुनाई थी इसके साथ ही ध्रुव के हाथों की बड़ी सी तलवार सीधे जमीन पर दी गई। और उसके पल पसीने से भरा हुआ था इसके अलावा उसकी बढ़ती सांसों को देख कर यह साफ समझा जा सकता था की मुकाबले में जीत की ध्रुव को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी तभी अचानक गिरा घबराते हुए ध्रुव के बगल में आई और उसने ध्रुव को संभालने की कोशिश में उससे पूछा ध्रुव तुम ठीक तो हो न ये कहते वक्त उसकी आवाज में हल्का दर्द था क्योंकि ध्रुव की मौजूदा हालत देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी इतने में ध्रुव ने उसकी तरफ नजर घुमाते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ दांत पीस कर कहा ठीक हूँ तो सिर्फ जबरदस्ती ताकत बढ़ाने का अंजाम है ध्रुव भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि रहस्यमय स्काई फायर तकनीक से कुछ वक्त के लिए वो ज्यादा ताकतवर तो हो जाता था लेकिन शक्तियों को इस तरह बढ़ाना उसके शरीर पर कितना भारी पड़ता था ये सिर्फ वही जानता था वो तो अगर ध्रुव खुद एक हकीम नहीं होता या उसके पास झेलना तो उस तो पड़ता था तभी ध्रुव ने अपने हाथ इरा के कंधों पर रखे फिर उसने धीरे से अपनी नजर खुद से थोड़ी दूरी पर गिरे फरहान की तरफ की वैसे तो फरहान कभी इस तरह हारने वाला नहीं था लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की ये समझ करके उसकी जल मूल शक्ति ध्रुव की दिव्य रोशनी को काबू कर सकती थी ऐसा इसलिए क्योंकि फरान ने हरे कमल की दिव्य रोशनी को कोई मामूली रोशनी की तरह समझा था यही वजह थी कि ध्रुव ने फरान के गुरूर का फायदा उठाकर दो हमले के बाद एक इस्तेमाल करके उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां वो फिलहाल था लेकिन चाहे कुछ क्यों ना हो ध्रुव आज का मुकाबला जीत गया था फिर चाहे इसमें किस्मत का ही हाथ क्यों ना हो और ध्रुव के लिए सिर्फ वो जीत मायने रखती थी ये नहीं कि वो जीत हासिल कैसे की गई तभी ध्रुव ने अपनी स्टोरेज शिकारीर होते हुए देखा तो वाइट गैंग के सभी मेंड़बड़ा कर दो कदम पीछे हट गए उनके चेहरों पर फिलहाल एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था जिसके साथ वो ध्रुव को ही देखे जा रहे थे तभी ध्रुव ने सभी के सामने भारी आवाज में ऐलान किया फरान ये मुकाबला हार गया तुम लोग इसे यहां से ले जाओ और फरान का किया वादा याद रखना क्योंकि यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसे वादा करते हुए देखा भी था और सुना भी था और गलती से भी अगर तुम्हारे वाइट गैंग ने उस वादे को भुलाने की गलती की फिर तुम्हारे वाइट कैंग के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा ये बात याद रखना वैद्रुफ को इस तरह अपने ग्रुप को धमकाता हुआ देख ईशान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा इस बेवकूफ फरान को लगता है कि यह बहुत ज्यादा ताकतवर है इसे ऐसा लगता है कि अंदरूनी हिस्से में किसी को भी हरा सकता है जबकि यह सिर्फ एक तीन सितारों वाला ड्रोन रैंक का योद्धा है अब देखो, कुत्ते की तरह समीन पर पड़ा हुआ है ये ना सिर्फ ध्रुव से शर्त हार गया बल्कि इसकी वजह से अब हमारा ग्रुप अगले छह महीने तक ध्रुव और उसके ग्रुप को हाथ तक नहीं लगा सकता लेकिन छह महीने बाद में ध्यान रखूंगा की मात भाई को खुद यहां लेकर आऊ और इस ग्रुप को करके उसके साथ नए स्टूडेंट के उस इलाके से हड़बड़ा कर चले गए इस दौरान जैसे उन लोगों को सभी ने जाते हुए देखा तो जांबाज जोशीले ग्रुप के वो मेम्बर्स जो कुछ पल पहले बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे चैन की सांस लेकर शुक्र मनाने लगे लेकिन इस बार किसी को भी अंजाम की बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि इस मुकाबले की वजह से उनके लीडर ध्रुव का भी बुरा हाल हो गया था इस बात को महसूस कर वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सभी की आंखों में फिलहाल एक बेचैनी दिखाई दे रही थी ये बेचैनी थी जल्द से जल्द ताकत बढ़ाने की क्योंकि हर बार ध्रुव ही अकेले ही उनके ग्रुप को मुश्किल से नहीं निकालने वाला था ग्रुप के मेंबर्स होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी ग्रुप का ख्याल रखने की वैसे तो सभी नए स्टूडेंट्स को अंदरूनी हिस्से में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे लेकिन उन्हें अब तक अच्छा खासा अंदाजा लग गया था कि हिस्से में ताकत कितनी जरूरी है इसके पहले वो सभी लोग बाहरी हिस्से के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाते थे लेकिन अब वो अंदरूनी हिस्से के सबसे मामूली और कमजोर योद्धा थे लेकिन आज जैसी बेजती दोबारा ना देखने के लिए उन्हें जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बढ़ानी थी वहीं सभी की आंखों में ताकतवर बनने का जज्बा महसूस कर ध्रुव धीरे से मुस्कुराने लगा उसके बाद उसने अपने आस इकट्ठा हुए सीनियर्स को देखकर उन्हें इशारा करते हुए कहा चलिए आज का मनोरंजन यहीं खत्म हुआ अब आप लोग वापस लौट सकते हैं और ध्रुव की ये बात वो सीनियर्स भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे लेकिन जाते वक्त वो सभी एक दूसरे से ध्रुव की ताकत के बारे में बात कर रहे थे इतने में मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा ध्रुव सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे और फरान के बीच का मुकाबला बहुत जल्द अंदरूनी हिस्से के कोने कोने तक फैल जाएगा <laughs> अच्छा ना कम से कम इस बात से ही शायद बहुत से ऐसे सीनियर्स घबरा जाए जो शायद जोशीले ग्रुप पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे होंगे की, की के के अंदरूनी हिस्से में रहने के लिए ताकत कितनी ज्यादा जरूरी है, है ना और उसके सवाल पर बहुत से लोगों ने एक साथ जवाब दिया हा ध्रुव हम समझ गए हैं ये सुनकर ध्रुव ने सभी से आगे पूछा के बिना ऐसे ही बेवकूफ आकर हमें परेशान करेंगे और अपनी मन हम पर थोपना चाहेंगे। अब आप दिया। ये कहते वक्त सभी का खून खोलने लगा था जिसे महसूस कर ध्रुव ने उनसे कहा अच्छा है कल से हमारे जाबाज जोशीले ग्रुप का हर में आग शक्ति टावर में जाकर ट्रेन करेगा मेरे ख्याल से फरान की हार के बारे में जानने के बाद अगले कुछ वक्त तक तो कोई भी ग्रुप हमें परेशान करने नहीं आएगा इसलिए हमें इस वक्त का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी वैसे आज फरान को इस तरह हराकर हमने ना सिर्फ उसे बल्कि पूरे वाइट गैंग के मुंह पर जोर का तमाचा मारा है इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो चुप नहीं बैठेंगे अपने वादे की वजह से वो अगले छह महीने तो हमारे आस नहीं भटकेंगे लेकिन उसके बाद वाइट गैंग अपनी पूरी ताकत के साथ हमसे बदला लेने आएगा उस वक्त अगर हम उनसे बचना चाहते हैं तो चलो तो फिर आज के लिए इतना ही आप लोग वापस अपने अपने घरों में लौट सकते हैं कल सुबह हम यहीं पर इकट्ठा होंगे और एक साथ मिलकर आप शक्ति ट्रेनिंग टावर में जाएंगे इतना कहकर ध्रुव ने अपने हाथ लाकर सभी को घर लौटने का इशारा किया उसके बाद वो खुद अपने घर की तरफ लौटने लगा लेकिन इसके पहले कि वो घर के अंदर घुसता अचानक से ध्रुव को कुछ सूझने लगा तभी उसने अपनी बगल में चलती इरा के कान में फुसफुसाते हुए कहा इरा क्या तुम अतुल को मुझसे मिलने के लिए बुला सकती हो मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे उससे पूछने हैं इस पर ईरा ने अपनी रजामंदी जताई और वो पलट वहां से चली गई उसके बाद जब अतुल उनके घर में आया तो सभी लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और तभी ध्रुव ने अतुल से सवाल किया अतुल तुम्हें व्हाइट गैंग के बारे में कितना पता है इस पर अतुल ने एक पल सोचकर ध्रुव को जवाब देते हुए कहा ध्रुव वाइट कैंग के लीडर का नाम इमाद है और वो शान का बड़ा भाई है वो बहुत ताकतवर है और मेरे ख्याल से उसकी ताकत छह सितारों वाले द्रोण जितनी होगी इतना ही नहीं वो ताकतवर रैंकिंग्स में भी गिना जाता है इसके अलावा अंदरूनी हिस्से में ताकत की वजह से उसका काफी नाम भी चलता है वही अतुल के मुंह से ये बातें सुनकर ध्रुव ने हल्की परेशानी के साथ पूछा एक छह सितारों वाला द्रोण और ताकतवर रैंकिंग्स में भी शामिल है ध्रुव सोच रहा था मुकाबला जीत गया था लेकिन अगर वो किसी छह सितारों वाले द्रोण से मुकाबला करता फिर तो उसके जीतने के चांसेज ना के बराबर होते और वो जीतने के बारे में सिर्फ तब सोच सकता था जब वो आग की लहर या फिर शौर्य कमल की रोशनी तक इस्तेमाल करने के बारे में सोचे तभी अतुल ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा उसका रैंक 34 है इस पर इरा ने मुस्कुरा कर हल्की हैरानी के साथ कहा एक छह सितारों वाला द्रोण और रैंक सिर्फ 34? फोर यह ताकतवर रैंकिंग तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल समझ आ रही है वहीं बिजौरा ने भी मुस्कुरा कर इस बात पर अपनी हैरानी जताई हाँ ये तो सच में ताकतवर योद्धाओं का जमावड़ा है इसमें घुसने के लिए तो बहुत लड़ना पड़ेगा इतने में ध्रुव ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए धीमी आवाज में अतुल से पूछा और वाइट गैंग के आज मुकाबले में हराया और बाकी दोनों की ताकत फरान से ज्यादा है लेकिन वो भी तीन सितारों वाले द्रोण ही है कुल मिलाकर देखा जाए तो वाइट गैंग में चौतीस लोग हैं उसमें से तेरह लोग महादक्ष रैंग के हैं और बाकी बचे हुए लोग दक्ष रैंक के हो सकता है कि अगले कुछ वक्त में शायद वो लोग भी महादक्ष रैंक हासिल कर लें। इस पर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा इसका मतलब उनके पास चार द्रोण हैं, तेरह महादक्ष हैं, और बाकी ऐसे दक्ष जो जल्द महादक्ष बन जाएंगे तो बहुत है। हाँ वो लोग सच में काफी ताकतवर है वैसे तो उस ग्रुप की गिनती अंदरूनी हिस्से के ताकतवर ग्रुप्स में नहीं होती है लेकिन यूं हर कोई उनसे मुकाबला नहीं करना चाहता वैसे अगर बात पहले की होती तो शायद वाइट कैंग जैसा ग्रुप स्टूडेंट्स के ग्रुप से आकर पंगा नहीं लेता लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ईशान की वजह से वो हमारे पास आए और हमें धमकाने लगे अतुल की इस बात पर ध्रुव ने सिर को समझा ईशान और ध्रुव के बीच बहुत वक्त से दुश्मनी चलती आ रही थी। और अब जो की के अंदर आ गया था। और उसके पास उसके भाई का साथ भी था इसलिए वो ध्रुव को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश में लग गया था शायद जाबाज जोशीले ग्रुप पर हमला करने की बात भी ईशान ने ही अपने ग्रुप में रखी होगी यही सब सोचते हुए ध्रुव ने एक पल बाद आगे कहा ठीक है हमें वही करना होगा जो मैंने पहले कहा था कल से जाबाज जोशीले ग्रुप के सभी मेंबर्स आग शक्ति ट्रेनिंग टावर में ट्रेन करेंगे हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ानी होंगी वैसे किसी के पास भी आग शक्ति की कमी तो नहीं है ना इस पर अतुल ने मुस्कुरा उसे जवाब दिया तुम्हारी वजह से हमें फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन में जो शक्ति मिली है उससे आराम से हम महीने भर तो आग शक्ति टावर में ट्रेन कर सकते हैं ये सुनते ही ध्रुव ने एक चैन की सांस ली और फिर धीमी आवाज में आगे कहा अच्छा इतनी आग शक्ति तो बाकी है उम्मीद करता हूँ कि आगे हमें किसी बड़ी मुश्किल का सामना न करना पड़े फिलहाल हमारा जोशीले ग्रुप काफी कमजोर है इसलिए हमें अंदरूनी हिस्से में अपना रुतबा कायम करने में अभी बहुत मेहनत लगने वाली है तो कैसे बराबरी करेगा ध्रुव का जांबाज जोशीले ग्रुप अंदरूनी हिस्से के बाकी ताकतवर ग्रुप से जानने के लिए सुनते रहिए दिवानिया के साथ सुपर था सिर्फ